जय हिंद ये बाल विकास का पार्ट सिक्स है जिन लोगों ने पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव नहीं देखे हैं वो जाकर पहले देख लें और ये प्रैक्टिस सेट है इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं रखेंगे क्योंकि जो है आप लोग वीडियो लंबा हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर चौवालिस से वातावरण एक कथन है ये किसका कथन ये बताना है वातावरण वह वा बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है किसने कहा है ऑप्शन ए है उडवर्थ ने ऑप्शन बी है रोस ने ऑप्शन सी है एनाष्टमी ने या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रस रस का कथन है प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन वंशानुक्रम का का, का, का एक नियम नहीं है? ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ए समानता का, दो भिन्नता तीन का, या फिर ऑप्शन डी अभिप्रेण का प्रश्न नंबर 45 का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिप्रेरण प्रश्न नंबर 46 यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है क्या है बताइए ऑप्शन ए समानता है ऑप्शन बी निरंतरता है सी वंशानुक्रम है या फिर डी युद्धा है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वंशानुक्रम तो इस प्रकार बन जाएगा पूरा क्वेश्चन वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है प्रश्न नंबर सैतालीस सैशव काल की अवधि क्या है ऑप्शन ए जन्म से एक वर्ष तक ऑप्शन बी जन्म से दो वर्ष तक या फिर ऑप्शन सी जन्म से तीन वर्ष तक या फिर ऑप्शन डी दो वर्ष से तीन वर्ष तक का सही उत्तर बताइए आप लोग प्रश्न नंबर सैतालीस का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जन्म से लेकर दो वर्ष तक का जो समय होगा बालक का वो सैसव काल के अंतर्गत आएगा प्रश्न नंबर 48, इसमें भी रिक्त स्थान ही भरना है और एक कथन है इस कथन को किसने कहा है तो कथन पढ़ लेते हैं पहले बालक का विकास अनुवांतिकता तथा वातावरण का वर्न फल है ये किसने कहा है आपस ने उडवर्थ ने बी गैरेट ने सी हॉलैंड ने या फिर डी थार ने प्रश्न नंबर 48 बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उडवर्थ तो इस प्रकार बन जाएगा पूरा क्वेश्चन आंसर उडवर्थ के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है प्रश्न नंबर वन चास भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है यूपीटीटी 2014 टी दो हज़ार में पूछा हुआ सवाल ऑप्शन ए e, अनुबंध का सिद्धांत ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी परिपक्वता का सिद्धांत इस प्रश्न का सही है उत्तर है इसमें निशान पहले लगा है ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत प्रश्न नंबर 50 बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है ये भी सवाल यूपी 2014 में पूछा हुआ है ऑप्शन ए पर निनिर्भरता ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना ऑप्शन सी धार्मिकता या फिर ऑप्शन डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामूहिकता का की भावना सामूहिकता की भावना प्रश्न नंबर इक्यावन और इस मॉक टेस्ट का ये आखिरी प्रश्न है शहसवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर कैसे होते हैं क्रियाकलाप सवस्था में बच्चों के क्या मूल प्रत्यात् प्रवृत्मक होते हैं या फिर संरक्षित होते हैं या फिर संज्ञानात्मक होते हैं या फिर संवेगात्मक होते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का उत्तर देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद